अब वहाँ जो इंटरव्यू का माहौल होगा वो दूसरा होगा वहाँ आप क्लासरूम में नहीं हैं आपके जो दूसरी तरफ बैठे हुए लोग हैं वो आपसे उम्र में भी ज़्यादा बड़े होंगे एक्सपीरियंस में भी ज़्यादा बड़े होंगे तो उनके साथ मतलब थोड़ा ये हाथ उठा के और समझाने वाली मुद्रा में नहीं बात होगी जी जी उनके साथ तो मतलब कि उन्होंने अगर आपसे कुछ पूछा है तो आपको उसका उत्तर देना है ना कि उन्हें समझाना है कि देखिए ये ऐसा होता है नहीं तो आपको उत्तर देना है ये आपको ध्यान रखना है ठीक है तो वो टीचर वाले मोड से थोड़ा निकलना पड़ेगा ठीक है